हाय फ्रेंड्स मैं पिछले वाले अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुका है बायोनीटी ट्री क्या होता है और क्या होता है ट्री क्या होता है ट्री कितने प्रकार के होते हैं प्रॉपर्टी सारी चीज़ें मैंने बता रखा है दो वीडियो बना रखे हैं आगे तो वो वाला प्रीवियस वीडियो पहले आप देख लें तो उसके बाद में यहाँ पर आएँ ज़्यादा सही होगा और हम लास्ट में आपको ये जो नोट्स है वो तो नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्स में तो हम स्टार्ट करते हैं आज आ, ट्री का ट्रैवर्सिंग करना ट्रैवर्सिंग करने का मतलब होता है कि हर आ, ट्री के जो नोट्स हैं उनको हम विजिट करना ठीक है तो यही इस सारे आ, चीज़ में यही चीज़ें बताई गई है कि जो ट्री है उसे हम इसे कहते हैं बाय मतलब ट्रैवर्सिंग ट्री को हम सर्च ट्री भी कहते हैं उसके बाद में डिस्प्ले ट्री भी कहते हैं और ट्रेवल्सिंग ट्री जो होता है वो ग्राफ ट्रेवल्स करता है ठीक ये सारी चीज़ें इसमें बताई रखी हैं और इसमें हम तीन टेक्निक का यूज करके हम ट्रेवल्स करते हैं ट्रेवल्सिंग ट्री को ठीक तो वो टेक्निक हमारी क्या क्या है प्री ऑर्डर प्री ट्रेवल्स हैं और इन ऑर्डर हैं और पोस्ट आर्डर हैं तो हम देख लेते हैं कि प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर तो क्या होता है तो प्री तो ऑर्डर तो और इन ऑर्डर के बारे में हम बताते हैं आपको आपको हम आपको हम सिंपल भाषा में जो बताएँ तो प्री ऑर्डर का जो होता है मतलब यदि हम शाठ भाषा में बताएँ तो आपको ज़्यादा थोड़ी कैनल यूज करते हुए हम प्रैक्टिकली बात करें तो इन ऑर्डर जो होता है जैसे इन ऑर्डर आपने देखा होगा जैसे a प्लस बी ए प्लस बी है तो यहां पर आपने देखा ये a है जो इसको हम मान लेते हैं एक नोड और प्लस को हम एक नोड और b को तो एक नोड तो हो जाएगा हमारा जो ये है ये हो जाएगा लेफ्ट नोट लेफ्ट नोट लेफ्ट नो, ने है और उसके बाद में क्या जो प्लस है वो बीच में है इसे हम नोड मांग लेते हैं और उसके बाद में बी जो है वो राइट में है इसे हम राइट नोड मांग लेते हैं आपने देखा होगा कि बीच में हमारा नोड होता है ठीक है तो जो हमारे इस तरह के होते हैं इन्हें हम इन ऑर्डर कहते हैं जैसे इन ऑर्डर में हमने देखा होगा इन ऑर्डर बनाते हुए जब हम प्री ऑर्डर कभी हमें दिया होता है तो हम इन ऑर्डर बनाते हैं स्टेक में जब हमें इस्टेक का यूज करते हैं उसमें तो प्री ऑर्डर से इन ऑर्डर बनाना इन ऑर्डर से प्री ऑर्डर बनाना ऐसा हम बनाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं ठीक है अब यहाँ पर हमने उसी प्रकार से देखा कि ये है उसके तो ये हमारा क्या होगा लेफ्ट तो यहाँ पर हमने फार्मूला बना लिया इसे एल एन आर मतलब लेफ्ट लेफ्ट नोड फिर राइट right, लेफ्ट oh, no, फिर नोड फिर राइट right. पहले हम कैसे ट्रेवल्स करेंगे पहले हम हम हम आएंगे आएंगे लेफ्ट लेफ्ट में में में में देखेंगे देखेंगे उसके बाद फिर फिर पर पर जाएंगे नोड नोड से फिर आएंगे हम राइट में. ठीक है तो हमारा क्या हो जाएगा इन ऑर्डर हो जाएगा ट्री ठीक अब उसके बाद में हम क्या करेंगे पोस्ट ऑर्डर की बात ऑर्डर की बात करें तो प्री मतलब पहले ऑर्डर यानी नोट पहले होगा उसके बाद में लेफ्ट होगा फिर राइट होगा तो यानी हम क्या करेंगे पहले क्या ट्रेवल्स करेंगे पहले नोट ट्रेवल्स करेंगे जैसे पर हमने किया उसके उसके बाद बाद में में में में हम क्या क्या करेंगे करेंगे फिर फिर जाएंगे जाएंगे तो यहाँ पर नोट लेफ्ट एंड राइट उसके बाद में पोस्ट पोस्ट ऑर्डर में हमने देखा होगा पोस्ट आर्डर बनाते हैं तो जो चीजें हमारी होती है नोट होता है यानी एड करने का या बात करें तो ये लास्ट में होता है इसे हम लास्ट में कर देते हैं ऑपरेटर को हम लास्ट में कर देते हैं तो ये ऑपरेटर हम तो यह, हमारा प्लस है तो लास्ट में नोट हो गया तो लेफ्ट पहले हम लेफ्ट ट्रेवल्स करेंगे राइट ट्रेवल्स करेंगे, करेंगे तो हम यहाँ पर इसके माध्यम से हमने फार्मूला देखी या अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं तो कभी-कभी कभी-कभी क्वेश्चन कैसे आता है है है कि कि ऐसा होता है ना कि हमको आ, ट्री बनाकर दे दिया जाता है, उसे left, ओ, में या करना, फिर फिर क्या? से जाएंगे उसके बाद में प्री ऑर्डर में क्या करेंगे पहले हम नोट जो हमसे प्री ऑर्डर बोला तो हम प्री ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए तो हम पहले करेंगे, करेंगे, करेंगे। फिर left travels करेंगे, फिर right travels करेंगे। उसके बाद में जब पो पोस्ट ऑर्डर की बात किया तो पोस्ट ऑर्डर में क्या करेंगे पहले लेफ्ट ट्रेवल्स tra करेंगे उसके बाद में राइट ट्रेवल्स करेंगे उसके बाद में हम नोट ट्रेवल्स करेंगे ठीक और ये हमें आ, कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन इस तरह का आता है कि हमको नोट मतलब उ, इसमें इन ऑर्डर प्री आर्डर में बना के दे दिया जाता है उसे हमें ट्री में कन्वर्ट करना रहता है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसी प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे कि जो हमारे बने बनाए मतलब पहले से नहीं हैं इन आर्डर दो चीज़ें दी होगी इन आर्डर और प्री आर्डर भी दिया हो सकता है या प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर दिया हो सकता है मतलब तो दो चीज़ें आपको यूज करके वहाँ पर ट्री आपको बनाना है तो ट्री बनाने के लिए जैसे कि हमने बताया यहाँ पर आपको दिखाई दिए पड़ रहा होगा कि अब हम देख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आपको पहले इन ऑर्डर दिया है उसके बाद में पोस्ट ऑर्डर दिया है ठीक है अब इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे डायरेक्ट आएंगे फार्मूला पर ठीक है फार्मूला हमारा ये है या टेक्निक हमारी ये है कि यहाँ प्री ऑर्डर इन ऑर्डर दिया है और पोस्ट ऑर्डर तो इन ऑर्डर में पहले क्या होता है लेफ्ट लेफ्ट होता है उसके बाद में नोट ट्रेबल्स करते हैं फिर राइट ट्रेबल्स करते हैं और पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट राइट फिर नोड यानी लास्ट में नोड होता है तो सबसे पहले हम नोड को पकड़ेंगे ठीक है तो पोस्ट आर्डर हमको दिया है तो पोस्ट ऑर्डर में लास्ट में नोड होता है तो लास्ट में पोस्ट ऑर्डर में जाकर हम लास्ट में देखेंगे क्या चाहिए तो यहाँ पर हमने पोस्ट ऑर्डर में जैसे कि आए और देखा कि यहाँ पोस्ट ऑर्डर में लास्ट में नोड हमारा ए है ठीक है तो नोड को हम क्या करते हैं नोड को ऐसे पहले लिख लिया मैंने ए को मैंने पहले लिख लिया पहले स्टेप में ठीक है अब मैंने पहले लिख लिया अब ए को देखेंगे इन ऑर्डर में जाकर इन ऑर्डर में क्या होता है इन ऑर्डर में हमें पहले नोड मेरा बीच में होता है तो ए हमारा क्या है नोड है यहाँ पर तो वहां पर भी जो है इन ऑर्डर में भी ए हमारा नोड ही होगा तो हम जाकर इन ऑर्डर में देख लेते हैं इन ऑर्डर में हमने गया तो देखा ए जो है ये बीच में है ठीक है? बीच में ए है, अब इसके जो लेफ्ट बी आई डी है और राइट में क्या है सी जी में एफ है ठीक है तो हम लेफ्ट के, के लेफ्ट साइड में ये लिख कर देंगे और राइट साइड में ये कर देंगे तो लेफ्ट साइड में हमने पी आई डी लिख दिया और राइट साइड में सी आई एफ एच लिख दिया ठीक आप उसके बाद में फर् मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा अब हम सेकेंड स्टेप में आते हैं तो एक एक स्टेप को हम सॉल्व करेंगे ठीक है एक एक स्टेप लेकर हम सॉल्व करते हैं अब यहाँ पर हम क्या लेंगे एक स्टेप ये वाला लेंगे लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड का ही सॉल्व कर लेते हैं चाहो तो आप पहले राइट साइड का भी सॉल्व कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है तो हम पहले लेफ्ट साइड का सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट साइड में बी आई डी है ठीक है अब हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे ये मेरा पोस्ट ऑर्डर हो गया ठीक है बी आई बी आई हमारा इन ऑर्डर हो गया ठीक अब बी आई को हमने इन ऑर्डर में लिख लिया लिख लिया न अब वी आई हमारा मतलब क्या है आ, इन ऑर्डर में है अब हम जब ये वाला सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सबसे पहले प्री आ, पोस्ट ऑर्डर में जाएंगे जो पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर मतलब इन ऑर्डर दिया है तो इन ऑर्डर से हम ये सिर्फ निकालेंगे कि लेफ्ट में कौन रहेगा और राइट में कौन रहेगा और प्री ऑर्डर से हम सिर्फ नोट निकालेंगे तो नोट और तो यहाँ पर हम बी आई डी देखते हैं ये यदि हम दोनों साथ में लेकर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये एलिमेंट हम देख चुके हैं ये एलिमेंट हमारा हो चुका है अब हम दूसरा वाला देख लेते हैं तो यहाँ पर ये सॉल्व करना होगा लेकिन हम सोच रहे हैं पहले एक साइड का सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद में हम दोबारा दूसरी साइड वो चलते हैं तो हम इस साइड वाला एलिमेंट मतलब इस साइड वाला हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं बी आई डी तो सबसे पहले बी आई डी में देख यहाँ पर देखते हैं ऊपर वाले में पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर में कि बी आई डी है पोस्ट ऑर्डर में बी आई तो यहाँ पर देखिए साथ में बी डी आई करके तो ये हमारा क्या हो जाएगा पोस्ट आर्डर हो जाएगा ठीक है अब इसका पोस्ट आर्डर ये हो गया अब इसका पोस्ट आर्डर होगा मतलब यहाँ पर हमारा क्या होगा B ठीक अब B जो है वो हमारा क्या होगा जाएगा नोड हो जाएगा वो फर्स्ट नोड हो जाएगा क्योंकि नोड लास्ट में होता है पोस्ट आर्डर में तो लास्ट में होता है मतलब B हमारा क्या है यहाँ पर नोड है अब हमें ये पता करना है कि आई टी लेफ्ट में है या राइट right में है कौन सा एलिमेंट तो इसके लिए हम जाएंगे किसमें इन में इन में गए देखे बी कहा है बी हमारा यहाँ पर मिला हमें अब हमारा यहाँ पर हमें मिला तो इसके राइट में आप देखेंगे तो आई डी है मतलब आई डी होगा तो हमें क्या करना होगा ठीक कर अब उसके बाद में फिर क्या करेंगे यही यही दोबारा हमको सॉल्व करना है अब हम दोबारा हम कहा जाएंगे ठीक अब यहाँ पर हम दोबारा आई देखेंगे फिर अब यहाँ पर लास्ट में नोट होता है इसका मतलब डी लास्ट में होगा अब में D अब लास्ट में है और right फिर तो हम तो हमारा वो आई किस तरफ है लेफ्ट साइड में इसका मतलब आई को हम लेफ्ट साइड में एड करेंगे ठीक है तो हम यहाँ फोर्थ स्टेप में आई को लेफ्ट साइड कर दिया अब इसी तरह हम क्या करेंगे राइट right साइड को भी इसी तरह हम सोल्व कर देंगे ठीक है तो राइट सॉल्व साइड को सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारा right में क्या है राइट right साइड में है सी एफ जी ई एफ करके तो हमारा ये पोस्टार्टर यानी e, e, से हम जाकर देखेंगे एफ जो है वो कहा है ठीक अब यहाँ पर हमने देख लिया था जैसे कि ए देखा था अब उसके बाद में ई e आया ठीक जो ई e है ई e हमारा कहाँ है ई e हमारा राइट right साइड में था अब राइट साइड में यहाँ पर कहा है तो right side में e हमारा यहां है, इसका मतलब जो और ये वाले सारे अंक होंगे यहाँ से ये सारे कितने होंगे राइट right में होंगे ओ oh, लेफ्ट में होंगे और ये राइट right में होगा ई e के तो यहाँ पर हम ई e को नोट करके और ई e को हमने नोट किया और सी और जी को लेफ्ट में किया और एच पी को राइट right में किया अब यहाँ पर सी को सी सी देखेंगे इसी तरह हमने सी देखा तो सी को हमने एच राइट में किया और लेफ्ट में किया और उसके बाद में के को राइट में किया इसी तरह हम सारा सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा ये हमारा यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है ना और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और वहां पर हम आ, सही से यहाँ पर पूरा डिस्कशन करेंगे यूज़ मतलब इन आड़ा, प्री ठीक तो मेरा अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा जय हिंद जय भारत